तो राम राम जी सभी दोस्तों को तो फिर आज की महफिल शुरू करें इजाज़त है आप सबकी तो सुनिएगा कि ना अर्ज किया है ना फर्ज किया है अजी ना अर्ज किया है ना फर्ज किया है पहले जिसने हमको रिजेक्ट किया बाद में उसी ने हमें गूगल पे सर्च किया बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद अब एक दगाबाद इंसान इंसानों के लिए सारी सुनिएगा के दगाबाज इंसान को हमारे नियमों के अनुसार दिमाग से नहीं जिंदगी से निकाला जाता है वहुत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 सुनिए के जल्दबाजी ना करें आ? पकवान कच्चा पक्का सेक दिया अजी जना पकवान कच्चा पक्का सेक दिया जाएगा और तुम चाहते हो हम तुम्हारे सामने घुटने टेके चुपचाप निकल लो वरना कनपटी पे टेक दिया जाएगा ये सुनेगा के और न, नदी में गोते तू लगा आ? हम समर के तैराक है अजी नदी में बोते तू लगा हम समंदर के हैं वो जितना तूने सुना है ना हम उसे कहीं गुना खराब हैं और एक अपने चाहने वाले शायरी आके तलवे चाटकर नहीं चमके मेहनत वाली बात है अजी तलवे चाटकर नहीं चमके मेहनत वाली बात है जलने वाले जलते रहो चाहने वाले साथ हैं सुनेगा के रिश्ते राबते रीति रिवाज सब कुछ तोड़ के बैठे हैं क्या बात है क्या रिश्ते समाज रीति रिवाज सब कुछ तोड़ के बैठे हैं और ये छोड़ने छुड़ाने की धमकी किसी और को देना हम आदत तो क्या हम तुम ही छोड़ के बैठे हैं एक बदलते लोग सुनिएगा के बदलते दौर के लोग हैं जनाब इनका गुणगान बंद करें अजीब बदलते दौर के लोग हैं जनाब इनका गुणगान बंद करें जो कहते थे एक आवाज दे देना हम खड़े हैं जब आवाज दी सबसे पहले उन्होंने ही कान बंद करे अरे, एक शायरी आके जलने वालों की एक शायरी है के लोगों की आदत है भोगने की और हमारी आदत है करके दिखाने की अजी लोगों की आदत है भोंकने की और हमारी आदत है करके दिखाने की और हम पर हंसने वाले कहां तक बचके जाएंगे अब तो हमने फ्रेंचाइजी ले ली है लोगों को जलाने की आगे। आगे। अब बहुत धन्यवाद सुनिएगा कि एक दोस्त है मेरा जो मेरे हर दुख को अपने गले से लगा लेता है अजय एक दोस्त है मेरा जो मेरे हर दुख को अपना बना लेता है मैं आईना देख मुस्कुरा लेता हूँ आईना मुझे देख मुस्कुरा लेता है बहुत सुबह